आचार्य विदुर की बात सुनकर ध्रुव का मुझे नहीं लगता कि रोशनी को हासिल किया होगा वैसे तो मैं दिल बहार दिव्य रोशनी का पता नहीं लगा पा रहा हूँ लेकिन दिव्य रोशनियों के बीच एक अलग सा आकर्षण रहता है इसलिए सफेद शीत रोशनी से मैं ये पता लगा पा रहा हूँ की दिल बहा दिव्य रोशनी के हजार किलोमीटर के दायरे में तो जरूर है इस तो क्यूँकी ऐसा हो ही नहीं सकता की ऐसी कोई चीज उनसे छुपी रहे इस दिव्या रोशनी का एकेडमी के अंदरूनी हिस्से से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है ध्रुव वही आचार्य की बात पर गौर करने के बाद भी ध्रुव को समझ नहीं आया कि आयाचार्य अंदरूनी हिस्से से कोई रश्ता है इससे आपका क्या मतलब है और ध्रुव के सवाल पर आचार्य कुछ पल के लिए तो शांत रहे जिसके बाद उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा देखो ध्रुव अंदरूनी हिस्सा इस अकेडमी का सबसे जरूरी हिस्सा है अगर तुम वहां पहुँचने में कामयाब हुए तो मुझे लगता है कि हमें दिल बहार दे रोशनी के बारे में कुछ तो पता लग ही ध्रुव ने भरते हुए, उन्हें दिया। मैं पूरी को एक अंगूठी से बहुत कम निकलूंगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के आस कोई ताकतवर इंसान है जो खुद को छुपा कर रखे हुए है इसलिए अगर मैं ज्यादा देर तक बाहर रहा तो हो सकता है कि उसे मेरे बारे में पता चल जाए इतना कहकर आचार्य वापस उस काली रंग की अंगूठी के अंदर चले गए इस दौरान ध्रुव परेशान होकर खिड़की से चांद की तरफ देखने लगा और वहाँ देखते हुए सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी अंदरूनी हिस्से के अंदर है उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये शक सही हो उसके बाद रात गुजरती गई और देखते ही देखते अगली सुबह हो गई आज का दिन फाइनल एग्जाम का आखिरी दिन होने वाला था जिस वजह से सभी ये बात जानते थे की आज की भीड़ किसी और दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा होने वाली थी पिछले दो दिनों में नन्ही चुड़ैल ईशान बिजौरा इरा और ध्रुव ने अपनी अपनी ताकत से सभी को हैरान कर दिया था लेकिन आज के दिन का सभी को इंतजार था क्योंकि आज के दिन पांचों का मुकाबला होने वाला था यही वजह थी कि मैदान में सुबह से लोग आकर बैठने लगे क्योंकि कोई भी एक खास मौका गंवाना नहीं चाहता था और तो और सिर्फ अकेडमी के स्टूडेंट्स ही नहीं थे जो मैदान में मौजूद थे बल्कि आस के शहरों से भी काफी लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे जाहिर सी बात है की इतने सालों से अकेडमी के पास रहने की वजह से वो सभी अच्छी तरह से जानते थे कि ये दिन कितना रोमांचक होता था। वहीं जब ध्रुव और बाकी लोग मैदान में पहुंचे तो मैदान के लोगों से जाम हो रखी थी फिर मैडम की मदद से वो लोग दूसरे रास्ते से अंदर जाने लगे उसके बाद चलते चलते वो लोग आखिरकार मैदान के अंदर पहुंचे और वहां उन्हें लोगों का शोर सुनाई देने लगा इस शोर को सुनकर वो लोग एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगे और अपनी जगह पर बैठने चले गए इतने मीरा के बगल में बैठे ध्रुव की नजर अचानक से उस किनारे के दरवाजे पर पड़ी जहां उसे लोगों से घिरा हुआ शान दिखाई दिया। शान ने भी अंदर आते हुए अपनी नजरें घुमाई और जैसे इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा ध्रुव फिर देखता हूँ की राह तुझे कैसे पसंद करती है तभी अचानक इरा की नजर भी ईशान की तरफ गई और उसने कुछ सोचते हुए ध्रुव को समझाया ध्रुव अगर तुम्हारा मुकाबला ईशान के साथ हो तो थोड़ा संभल कर रहना वैसे तो उसे बहुत से लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें अपनी ताकत का गुरूर बहुत ज्यादा है लेकिन रक्षा एकेडमी जैसी जगह पर वो सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर इतना मशहूर हो पाया है इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसे कमजोर तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए वहींरा की बात सुनकर ध्रुव अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराने लगा वो अच्छी तरह जानता था कि उसे भी ईशान बिल्कुल पसंद नहीं था और ईशान की नजरों में तो ध्रुव ध्रुव उसका दुश्मन था ही लेकिन इसके बावजूद उसे कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकता था पिछले कुछ दिनों में ध्रुव भी समझ गया था कि रक्षा अकेडमी जैसी जगह पर ताकतवर कहलाने के लिए किसी का वाकई ताकतवर होना जरूरी था फिर जैसे ईशान मैदान में आकर अपनी जगह पर गया तो उसके पीछे धीरे धीरे चलते हुए लाल रंग के कपड़े पहनी लड़की भी अंदर आने लगी वहीं उसके अंदर आते ही बहुत से लोगों की नजरें उस पर पड़ी क्योंकि चाहे वो कितनी भी अटपटी क्यों ना हो नन्नी चुड़ैल के नाम से मशहूर लीजा दिखने में काफी खूबसूरत थी और तो और लोग ये भी जानते थे कि वो रक्षा एकेडमी के छोटे हेडमास्टर की पोती थी इसका मतलब उसके दादाजी का के बहुत से ताकतवर लोगों जितना था इसके अलावा रक्ष अकेडमी के खास और सबसे पुरानी अकेडमी होने की वजह से कुछ ऐसे शक्ति पूर्वज भी थे जो लीजा के दादाजी से खौफ खाते थे ऐसा इसलिए क्योंकि रक्ष अकेडमी से पढ़कर बहुत से ताकतवर लोग निकले थे जिस वजह कि तो कि किसी की भी ताकतवर बनने की मेहनत तकरीबन आधी हो जाती वैसे तो बहुत लोगों ने कोशिश की लीजा के पीछे पढ़ने की लेकिन हर बार वो बेचारे पिट कर वापस लौटते और तो और खुद लीजा भी ऐसे लड़कों पर खतरनाक हमले करती ताकि कोई भी उसके पास आने की हिम्मत भी ना करे शायद यही वजह थी कि आज तक कोई भी ऐसा लड़का नहीं हुआ था जो अकेडमी की ध्रुव भी लाल रंग के कपड़े पहनी लीजा को देख रहा था जो धीरे धीरे चलती हुई अपनी जगह पर जा रही थी इतने में ध्रुव को मैडम जुबैदा की बातें याद आ गई की लीजा भी मनी मनीरा को पसंद करती थी इस बात के बारे में सोचकर ध्रुव का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया बीत गया और जैसी सूरज की चिल चलाती धूप आसमान में चमकती दिखाई दी तो एक तेज आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी घंटे की आवाज सुनते ही मैदान में होता शोर धीरे धीरे कम होने लगा और सभी की नजरे सामने की तरफ होने लगी फिर जैसे सभी की नजरें मैदान के बीचों बीच बनी खाली जगह की तरफ हुई तो मंच पर छोटे हेडमास्टर यांग को देख कर लिए पचास लोगों को सेलेक्ट किया है मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जो वो इतने सारे लोगों में से चुने गए हैं लेकिन मैं सभी को बताना चाहूंगा की अंदरूनी हिस्से में ट्रेनिंग का हिसाब थोड़ा अलग होता है मेरा मतलब है कि अगर कोई अंदरूनी हिस्से में सबसे अच्छी ट्रेनिंग चाहता है तो उसे आज के मुकाबले में अच्छा रैंक लाना होगा। मैं बता दूं कि अच्छा रैंक लाने से आपको ऐसे फायदे मिलेंगे जिसकी आप लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी इसलिए आज के मुकाबले के लिए बेस्ट ऑफ लक इतना कहकर यांको ने देखा की उनकी बात सुनकर बहुत से स्टूडेंट्स खुश दिखाई दे रहे थे इसी खुशी को देखकर यांको ने मुस्कुराते हुए आगे कहा अचानक से मैदान में मौजूद स्टूडेंट्स के चेहरों पर एक अजीब सी हैरानी दिखाई देने लगी इस हैरानी में वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर सभी ने वापस मंच की तरफ नजर घुमाई इतने में याको ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कल के मुकाबलों से चुने गए 50 लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो जल्द से जल्द मैदान में आ जाएं। कल के मुकाबलों में चुने नाम की लिस्ट आप सभी की कुर्सियों पर चिपकी हुई है जो लोग इस बार आगे नहीं बढ़ पाए वो अगली बार फिर से और ज्यादा मेहनत करके आ सकते हैं और जो लोग चुन लिए गए हैं ये मैदान उनका इंतजार कर रहा है वही याकू की बात सुनकर सभी लोगों ने अपनी अपनी कुर्सियों पर चिपकी लिस्ट को देखना शुरू किया लेकिन जैसे इधर और ने वो नाम पड़े तो वो थोड़े हैरान हो गए कि आखिर पूरे पचास लोगों को एक साथ मैदान में क्यों बुलाया जा रहा था वैसे तो यह हाल सिर्फ ध्रुव और इरा का नहीं था बल्कि बाकी 48 लोगों का भी था लेकिन हो गए जिन्हें मैदान में, में, में मौजूद लोग तालियों से उनका स्वागत करने लगे इतने में ध्रुव ने बीरा की तरफ देख कर कहा चलो इरा मैदान में चलते हैं ये कहते वक्त ध्रुव के चेहरे पर एक मस्कुराहट थी जिसके साथ वो खड़ा हुआ और इरा के साथ जाने के लिए तैयार हुआ इतने में दोनों की तरफ और ने अपना से फिर वो मैदान के बीचों बीच जाने लगे उसके बाद जैसे इरा और ध्रव मैदान में आकर खड़े हुए तो मैदान में होता शोर और ज्यादा बढ़ता हुआ सुनाई देने लगा वही इस वक्त मैदान में बैठे लोग आपस में बातें करने लगे थे जिसे देखकर याकू ने सभी को समझाते हुए कहा आज के राउंड में हम नहीं चाहते कि हर कोई एक दूसरे से मुकाबला करे बल्कि इस बार तो सब एक साथ मुकाबला करेंगे में आखिरी में होगा और, और आखिर तक बचने वालों का रैंक सबसे आगे इतना ही नहीं हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता की आप मुकाबला कैसे करेंगे आप चाहे तो अकेले भी लड़ सकते हैं और चाहे तो किसी के साथ जोड़ी बना भी सकते हैं लेकिन एक चीज की मनाही है कोई किसी की जान नहीं ले सकता इसके अलावा आज के मुकाबले में सब कुछ जायज है आज के इस मुकाबले में जो बचेगा वही रचेगा ये सुनते ही मैदान में बैठे लोग हैरानी में एक दूसरे से बात करने लगे वहीं मैदान में खड़ा ध्रुव भी बाकी लोगों को देखकर कर मनी मन सोचने लगा इस तरह का मुकाबला तो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है इतना कहकर उसकी नजर ईशान पर पड़ी जिसके पास ही लीजा और बिचौरा खड़े हुए थे जिन्हें देखकर ध्रुव ने बगल में खड़ी ईरा से कहा हमारे लिए तो साधि रची जाएंगी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ लोग एक साथ होकर हमारे खिलाफ जाएंगे तो क्या बोलती हो हम भी एक साथ मुकाबला करें सबसे पहले तो हमें भीड़ को अलग करना होगा उसके बाद देखते हैं की कि किस्में कितना दम है ये सुनकर इराब इधरफ की बात मानने के लिए राजी हो गई। और उसने मैदान में मौजूद लोगों की तरफ नजर घुमाते हुए कहा हाँ तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इस तरह का मुकाबला ईशान लीजा और बिजौरा के लिए एक बहुत अच्छा मौका है तीनों बहुत ताकतवर है पर तीनों एकेडमी में काफी मशहूर भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो इन तीनों से काफी बातचीत किया करते हैं इसलिए मुकाबला शुरू होने पर सिर्फ लोग नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे इस पर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए ईरा से पूछा इरा ताकत और नाम तो इस अकेडमी में तुम्हारा भी काफी है तो क्या तुम किसी को हमारा साथ देने के लिए नहीं बुला सकती हो ध्रुव की बात तो जायज थी लेकिन उसकी बात सुनकर इरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया देखो अगर ये बात पहले की होती तो जरूर बहुत से लोग मेरे साथ आकर मुझे बचाने की कोशिश कहा अगर ऐसा है तो यही सही हमें एक दूसरे का साथ देकर ही फाइनल एग्जाम के इस आखिरी राउंड को पार करना होगा और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है हम दोनों को हरा पाए बिचौरा या फिर नन्नी चुड़ैल लीजा वही ध्रुव की बात सुनकर इरा ने एक नजर उसकी तरफ देखा झलक रहा था साथ भी नहीं छूटने वाला देखते हैं इस बार कौन इश्क को हराने की कोशिश करता है इतने में मंच पर खड़े याकों ने मैदान में खड़े हर स्टूडेंट को देखकर तेज आवाज में उनसे सवाल किया क्या आप सभी को इस राउंड के नियम अच्छी तरह समझ आ गए हैं और का सवाल सुनते ही चुने गए सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ हामी भरते हुए चिल्ला कर कहा, तभी से अपना हाथ ऊपर उठाया और मैदान में मौजूद अनगिनत नजरों के सामने उन्होंने राउंड को शुरू करने का इशारा करते हुए कहा ठीक है अब जो सभी को नियम समझ आ ही गए है तो मैं ऐलान करता हूँ अंदरूनी हिस्से में जाने के एग्जाम का आखिरी राउंड शुरू होता है अब तो क्या होने वाला है फाइनल एग्जाम के इस आखिरी राउंड में क्या पटका और उसके जमीन पर पैर पटकते एक छोटा सा धमाका हुआ जिसके बाद ध्रुव काले रंग की परछाई बनकर सीधे ईशान की तरफ बढ़ने लगा वही ईशान के चेहरे पर इस वक्त एक खतरनाक मुस्कुराहट थी जिसके साथ उसने ध्रुव को धमकाते हुए कहा ये सोचने की गलती मत करना कि तुमने रेगा दिया है। कोई तीर नहीं मारा है। कहते बिल्कुल चिपक गए थे लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा था इतने में उसने अपने चांदी के रंग के भाले पर अपनी पकड़ मजबूत की जिसमे से बिजली इस तरह से बाहर निकल रही थी जैसे की चांदी के रंग के सांप हो उसके बाद ईशान ने जोर से चिल्लाते हुए सीधे ध्रुव की गर्दन के से एक तेज आवाज जिसके बाद ध्रुव को अपने हाथ में हल्की कप कपाहट महसूस होने लगी वैसे तो ईशान का वो हमला नाकाम रहा था लेकिन फिर भी उसके चेहरे का गुस्सा गायब नहीं हुआ था तभी अचानक उसने अपने भाले पर अपनी शक्तियां इकट्ठी करनी शुरू की और अगले पल उस भाले से कुछ और भाले भी तैयार हो गए जो ध्रुव के सिर के चारों तरफ मंडराने लगे उन भालों से जुड़ी चांदी के रंग की शक्तियों से लगातार बिजली के कड़ की आवाज सुनाई पड रही थी, जो सुनने में काफी खतरनाक लग रही थी लेकिन ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि वो इस अनोखी मूल शक्ति को पहले भी देख चुका था दरअसल अपने भाई रक्षक से मुकाबला करते वक्त ध्रुव को एक अंदाजा लग गया था की बिजली मूल शक्ति की शक्तियाँ कितनी ताकतवर हो सकती थी यही वजह थी कि ध्रुव का ध्यान इस वक्त पूरी तरह से अपने आसपास घूमते भालों पर ही था वो भाले इस वक्त किसी खतरनाक तिलस्मी जानवर की तरह आवाज कर रहे थे जो अपने शिकार को चारों तरफ से घेर चुका था इतने में ध्रुव ने तुरंत अपने शरीर से और ज्यादा हरे रंग की शक्तियाँ बाहर निकाली जो किसी कवच की तरह तैयार होकर सीधे उसके सिर को ढकने लगी फिर जैसे ही वो भाले ध्रुव के सिर पर हमला करने के लिए तेजी से आगे आए तो वो हरे रंग के कवच से टकराकर कर गए इसके बावजूद ध्रुव के कवच को कुछ खरोचों के अलावा ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ फिर देखते ही देखते छोड़कर बाकी सभी भाले फूट कर गायब हो गए जिसके बाद ध्रुव तुरंत कुछ कदम पीछे हो गया तभी उसने अपनी शक्तियाँ वापस ली जिससे उसके चेहरे का कवच भी गायब हो गया ऐसा करते ही ध्रुव ने तेजी से अपनी तलवार को जोर जोर से घुमाते हुए उससे सीधे ईशान ध्रुव की, की।, पर की ताकत कितनी ज्यादा थी इसके साथ ही चांदी के रंग की शक्तियाँ उसके शरीर से निकलने लगी और एक पलबाद ईशान गायब होकर बहुत पीछे चला गया वही उसकी तेज रफ्तार को देखकर मैदान में मौजूद सभी लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए इतने में ईशान ने हंसते हुए ध्रुव से कहा तुम्हारी ताकत तो मेरी उम्मीद से काफी ज़्यादा है लेकिन तुम्हारी समझ थोड़ी कमजोर है, बढ़ जाती है। तभी शान को पलक इतना पीछे जाते देख ध्रुव के चेहरे पर भी हल्की हैरानी नजर आने लगी जिसके साथ उसने महसूस किया कि उसका हमला खाली चला गया यह देखकर ध्रुव ने ही मन खुद से कहा इसकी रफ्तार तो वाकई बहुत ज्यादा हो गई है इतना कहकर ध्रुव ने तुरंत अपनी नजर इरा की तरफ की जो फिलहाल कुछ और लोगों से लड़ती हुई नजर आ रही थी ध्रुव के, अलावा जो के कहने पर उसके साथ इराक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपने से में तकलीफ नहीं क्योंकि जो लोग उसे लड़ने के लिए आए थे वो महज दक्ष रैंक के योद्धा थे इस चीज को देखकर ध्रुव को यकीन हो गया था कि ईरा वाकई में तीन मिनट में मुकाबला खत्म कर देगी दूसरी तरफ ध्रुव के साथ आए लोगों की हालत बहुत खराब थी और वैसे तो वो लोग सात थे परेशान होते हुए कहा ये लोग फौलाद तो बिल्कुल नहीं है ये तो किसी कीचड़ की तरह है जिसमे दीवार ज्यादा देर टिक नहीं सकती अगर ये इसी तरह हौसले और ताकत के बिना लड़ते रहे तो ना जाने आगे जाकर ये कैसे काबिल योद्धा बनेंगे इतना कहकर ध्रुव ने तुरंत अपनी नजरें वापस करते हुए ईशान की उससे कहा मैं समझ गया कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन सबसे पहले तो मैं तुम्हें धूल चटाऊंगा उसके बाद अगर इरा बाकी पीछा छुड़वा पाई तो मैं अपने आप उससे हार मान लूंगा मुझे कोई हर्ज नहीं है इस बात से मुझसे बेहतर हो मैं इस मुकाबले हमले की तैयारी की तभी अचानक ध्रुव ने अपने हाथों में पकड़ी तलवार को जमीन पर गाड़ते हुए ईशान से सवाल किया मैं कुछ समझा नहीं मेरा मतलब है की तुम कह रहे हो की तुम मुझे हरा दोगे लेकिन कैसे वाली गोल घूमने लगा और ईशान का शरीर चांदी के रंग से चमकने लगा इस वक्त उसके शरीर से चांदी के रंग के छोटे छोटे सांप जैसी बिजलिया बाहर निकल रही थी और दूर से देखने पर ईशान ऐसा दिख रहा था जैसे वो चांदी के रंग का सूरज हो वह ईशान के इस हमले की तैयारी से मैदान में बहुत तेज हवा चलने लगी जिसे देखकर ध्रुव थोड़ा परेशान दिखने लगा दरअसल उसने महसूस किया था कि ईशान के भाले पर जो शक्तियां इकट्ठी हो रही थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और तो और उस शक्ति में एक अजीब तरह का जंगलीपन भी था जैसा गरजती बिजली में होता था ये देखकर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा इसने तो शुरुआत में इतना ताकतवर हमला इस्तेमाल कर लिया ये तो जरूर मुझे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है ये कहते हुए ध्रुव लगातार भाले में इकट्ठा होती शक्तियों को देखे जा रहा था तभी ध्रुव ने धीरे से अपना हाथ हिलाया जिसमें से एक हरे रंग की रोशनी बाहर आने लगी वो रोशनी हरे रंग की शक्तियों में छुपी हुई थी इसलिए उसे आसानी से देख पाना काफी मुश्किल था तभी शान के हमले से मैदान में चलती हवा और ज्यादा तेज हो गई जिससे हवा का एक तूफान सा तैयार होने लगा वही उस तूफान में से ध्रुव को एक तेज आवाज सुनाई पड़ी ध्रुव श्योर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली ताकत कहते किसे हैं तुम्हे आके लिए बने ही नहीं हो उसके लिए सिर्फ एक ताकतवर इंसान बना है जैसे कि मैं इतने में अचानक मैदान की तेज हवा धीरे होने लगी और अब किसी तरह की गर्जन भी नहीं सुनाई दे रही थी फिर धीरे धीरे ध्रुव को दिखाई दिया कि ईशान के हाथ का भाला बिजली में बदल चुका था जिसके आसपास एक अजीब सी धुंधलाहट महसूस हो रही थी उस बिजली के झटके के तैयार होते ईशान ने चिल्लाते हुए कहा मरने का वक्त आ गया है ध्रुव शौर है जाओ मरो ये कहते वक्त ईशान की आंखों में एक अजीब सी बेरहमी नजर आ रही थी जिसके साथ उसने तेजी से वो भाला ध्रुप की तरफ फेंका वहीं उसके हाथ से निकलते ही उस भाले में से एक बार फिर बिजली के गरजने की आवाज निकलने लगी और मैदान में एक ऐसा शोर सुनाई देने लगा जैसे आसमान से बिजली सीधे उस मैदान में आकर गिरी हो उस बिजली के झटके से वो मैदान थोड़ा थोड़ा कांपने लग गया था जिसे महसूस कर बहुत से लोगों के चेहरों पर घबराहट दिखाई देने लगी सभी लोग इस वक्त देख रहे थे कि कैसे अपने हाथ से वो बिजली का झटका छोड़ते ही ईशान ने चिल्लाते हुए कहा लाइटनिंग ब्लास्ट और जैसे ईशान की आवाज उस मैदान में गूंज उठी तो अनगिनत नजरों के सामने हवा में तैरती बिजली आसपास की हर चीज को बर्बाद करते हुए सीधे ध्रुव की तरफ पड़ने लगी वो बिजली का झटका किसी खतरनाक उड़ने वाले सांप की तरह दिख रहा था जो ताकतवर के साथ साथ चानलेवा भी था इसके अलावा उस बिजली की रफ्तार भी इतनी ज्यादा थी कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो बिजली का झटके की ताकत की वजह से हुआ था उस मैदान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खेत हो जैसे बैल ने एक सेकंड में जोता हो तभी वहां मौजूद लोगों ने देखा कि वो बिजली का झटका सीधे जाकर ध्रुव के पास जोर से फूट गया जिसमें से से एक बहुत तेज धमाका हुआ। उस उस धमाके धमाके के के तुरंत बाद लोगों के कान बजने लगे, जिससे उन्हें ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और उस धमाके से उड़ी धूल की वजह से ना तो उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था लेकिन उस धमाके को देखकर सभी के गले सूख गए वो लोग अच्छी तरह से समझ गए थे कि कोई सात या आठ सितारों वाला तक्ष तो इस हमले से बुरी तरह जख्मी हो ही जाता या फिर वो मर भी सकता था लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि रैंकिंग के मुकाबले में ईशान ने इतना खतरनाक हमला किया था वो भी एकेडमी के ही किसी स्टूडेंट पर इस दौरान लोग उस जगह पर लगातार देखे जा रहे थे जहां पर एक वक्त पहले ध्रुव खड़ा था लेकिन फिलहाल तो उन्हें सिर्फ धूल दिखाई दे रही थी और उस उड़ती धूल को देख लोगों के दिलों में डर पैदा हो गया की कई ध्रुव भी धमाके की वजह से धूल में तो नहीं बदल गया दूसरे ओर ईशान के चेहरे का रंग भी बदलने लगा और उसके माथे से ढेर सारा पसीना टपकने लगा इसके बाद उसने गहरी सांस लेते हुए धूल से भरे मैदान में नजरें घुमाते हुए देखा कि कहीं कोई भी हरकत नजर नहीं आ रही थी ये देखकर ईशान समझ गया कि वो जरूर अपने मकसद में कामयाब हो गया था और हो भी क्यों ना आखिर लाइटनिंग ब्लास्ट एक हाई लेवल क्लास टू की तकनीक थी और तो और इस तकनीक पर ईशान ने महारत भी हासिल कर रखी थी ईशान ने हमला इसके पहले तब किसी पर आजमाया था था। जब वो ब्लैक कॉर्नर में ट्रेनिंग के के लिए गया था। उस वक्त उसने एक ताकतवर रैंक योद्धा को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था लेकिन गौर करने की बात ये थी कि उस योद्धा ने वक्त पर अपना कवच तैयार नहीं किया था जिस वजह से वो इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया था शायद इसलिए ईशान को इस वक्त यकीन हो गया था कि ध्रुव इस हमले से बच ही नहीं सकता था इस वक्त मैदान में उड़ती धूल हर तरफ बिखर गई थी उस धूल के चलते मैदान में एक अजीब सी खौफनाक खामोशी गूंजने लगी इतने में सभी ने देखा कि धीरे धीरे धूल छटने लगी और सभी की नज़रें उस जगह पर गईं जहाँ पर कुछ पल पहले ध्रुव खड़ा था मैदान में मौजूद सभी लोग ये जानना चाह रहे थे की ध्रुव शौर जो इतने कम वक्त में वृक्ष अकेडमी की नई पीढ़ी के सबसे जाने माने स्टूडेंट्स में शुमार हो गया था क्या वाकई ईशान के इस ताकत हमले से बचने में कामयाब हुआ था फिर जैसे जैसे धूल छटने लगी तो लोगों को एक काले रंग की तलवार नजर आई जो जमीन पर गड़ी हुई थी उस तलवार के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था लेकिन जैसे ही थोड़ी हवा चली और धूल पूरी तरह से छट गई तब लोगों ने देखा कि सभी की नजरों के सामने एक इंसान दिखाई दे रहा था जो इस वक्त हरे रंग की रोशनी से पूरी तरह से ढका हुआ था ये देखते ही ईशान के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखे हैरानी में काफी बड़ी हो गई वो देख रहा था हो गया हो तो अब मैं अपना हमला कर सकता हूँ क्या इस आवाज को सुनते ही मैदान में बैठे बहुत से लोगों को यकीन हो गया कि उस हरे रंग की रोशनी के अंदर दिखाई देता इंसान कोई और नहीं बल्कि शौर्य था इस बात से लोग काफी ज्यादा हैरान तो थे ही लेकिन वो इस बात से थोड़े खुश भी हुए कि कम से कम ध्रुव को कुछ तो नहीं हुआ ध्रुव तो कि कितना ज्यादा ताकतवर था मैं ईशान की खामोशी को देखकर उस हरे रंग की रोशनी में से एक बार फिर एक आवाज सुनाई पड़ी मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूंगा तुमने हमला कर दिया अब आई मेरी बारी सुनते ही रोशनी से ढका लड़का ठीक उसके पीछे खड़ा था इस रफ्तार को देख कर ईशान की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने देखा की कैसे रोशनी से ढकी एक मुठ्ठी सीधे उसी की तरफ आने लगी उस हमले में एक बहुत ही गर्म हरे रंग की रोशनी थी जो वैसे तो ईशान से अब तक टकराई नहीं थी लेकिन इन शक्तियों के इस्तेमाल से ईशान ने तुरंत खुद को पीछे किया लेकिन इससे पहले की ईशान अपना भाला उठा कर उस हरे रंग की रोशनी के हमले से बच पाता उसे दिखा की वो हरे रंग की रोशनी से ढका इंसान एक बार फिर उसके बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया ध्रुव और नतीजा और बिजोरा उसके साथ आने को राजी हुए तो उसके साथ वो लोग अपने साथियों को भी ध्रुव के खिलाफ लड़ने के लिए ले आए फिर धीरे धीरे सभी लोग उस दिशा में जाने लगे जहाँ ध्रुव और इस वक्त दिखाई दे रहे थे इतने में ईशान ने भी देखा की सभी लोग उसकी बात मानने के लिए राजी हो गए थे साथ -साथ फिलहाल अपनी आंखें बंद किए हुए था और उसके ठीक सामने इरा खड़ी थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी वह ईरा के शरीर से निकलती सुनहरी शक्तियों और उसकी खूबसूरती को देख कर ईशान ने अपनी मुठ्ठी कसते हुए कहा इरा तुम सिर्फ मेरी हो इतना कहकर ईशान ने तुरंत अपने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए तेजी से उस तो पर एक जानलेवा चमक दिखाई देने लगी इसके तुरंत बाद इरा ने अपने दोनों हाथ लहराते हुए अपने शरीर से निकलती सुनहरी शक्तियां और ज्यादा बढ़ा दी और उसकी शक्तियों को देख कर ऐसा लग रहा था कि वो शायद कोई सात सितारों वाली महादक्ष थी इतने में अचानक उसके हाथों से निकलती सुनहरी शक्तियाँ उसकी हथेली पर इकट्ठा होते हुए दो छोटे सूरज की तरह दिखने लगी ये नजारा देखकर बहुत से लोग हैरान तो हुए ही थे लेकिन वो छोटे से सूरज दिखने में काफी खूबसूरत भी लग रहे थे तभी इरा ने अपनी आते लोगों को देख कर हल्की नाराजगी के साथ कहा तो तुम लोग मिलकर हम दोनों पर हमला करना चाहते हो ठीक है तो आगे आओ मैं भी देखती हूँ की कि किसमें कितना दम है इस पर लीजा ने मुस्कुराते हुए इरा के पीछे बैठे ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहा फिक्र मत करो इरा हम किसी भी हाल में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते वो तो बस ये लड़का ध्रुव हम सभी के रास्ते का कांटा बन गया है इसलिए हमें इस कांटे को उखाड़ कर फेंकना ही होगा ये सुनते ही ने दांत पीसते हुए जवाब दिया अगर हिम्मत है तो इस कांटे को इस मैदान से हटा कर दिखाओ ये कहते वक्त उसके हाथों की सुनहरी और ज्यादा बढ़ती लीजा ने इरा की बात सुनकर शातर तरीके से इरा को समझाते हुए कहा इरा तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रही हो अरे मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मैं सच बता रही हूँ ये मर्द किसी काम के नहीं होते ये हमेशा धोखा ही देते हैं वही उसकी बात सुनकर ईशान के चेहरे पर हल्की कर दिया। बल्कि उसने तो तुरंत एक कदम पीछे होते हुए ध्रुव के आस पास एक छोटा सा सुनहरे रंग का कवच तैयार किया जिससे साफ हो गया था की इरा का इरादा क्या था तभी ईशान ने मुस्कुरा कर इरा को समझाने की कोशिश की इरा लीजा ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही हम तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश रहेगी कि तुम हमें अपना काम करने दो तो। और अगर तुम हमारे और ध्रुव के बीच में नहीं आओगी तो यह सभी ईशान की तरफ देखा लेकिन ठीक नहीं समझा वैसे तो कुछ वक्त पहले इरा ईशान की बहुत इज्जत किया करती थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से ईशान की हरकतों की वजह से वो इज्जत अब नफरत में बदलने लगी थी फिर जैसे ईशान ने इरा की गुस्से भरी आंखें देखी तो एक पल के लिए वो भी कांप गया तो ध्रुव जरूर शक्तियाँ बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा वही शान की बात सुनकर लीजा और बिजौरा ने हामी भरते हुए अपना स्ने लाया इसके साथ ही दोनों के शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकलने लगी और एक झटके में वो मैदान दो हिस्सों में बट गया उस मैदान के एक हिस्से में सुनहरे रंग की शक्तियां दिखाई दे रही थीं, तो दूसरे हिस्से में ढेर सारी रंग बिरंगी शक्तियाँ वहीं इस बदलाव को देखकर मैदान में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर हल्की सी फिक्र भी दिखाई देने लगी दरअसल सभी ने ईशान की बात सुनी थी और मैदान में उड़ती शक्तियों को देख वो भी समझ गए थे की तीन लोग अकेले ईराक के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे और इस तरह की हरकत देखकर मैदान में बैठे लोग शोर मचाने लगे क्योंकि उन्हें ये इरा के साथ होती ना इंसाफी लग रही थी लेकिन फिर जब लोगों को समझ में आया कि ये मुकाबला शुरू से इंसाफ की तरफ छुका हुआ नहीं था तो वो लोग मजबूरी में मुकाबला देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए इस दौरान मैडम जुबैदा के पास बैठी सानवी ने गुस्से के साथ परेशान होते हुए कहा ये लोग तो बड़े ही बेशरम किस्म के लोग हैं इन्हें शर्म नहीं आ रही है ये तीनों मिलकर अकेले इरा से मुकाबला करने वाले हैं और की थे। लेकिन इस बार सब कुछ जायज है इसलिए हम लोग भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते यह कहते वक्त मैडम जुबैदा ने गुस्से में अपनी मुठ्ठी कसकर बंद की हुई थी जिस वजह से उनका हाथ सफेद पड़ने लगा तभी उन्होंने मुकाबले के मैदान को देखकर आगे कहा उम्मीद हूं कि सिर्फ दस मिनट तक कैसे भी तरफ देखते हुए क्या तुम्हें नहीं लगता की इस तरह के मुकाबले के कितने नुकसान है ऐसे मुकाबले में तो तीन बुजदल एक साथ होकर एक काबिल योद्धा तक को हरा सकते हैं इस तरह तो रैंकिंग में सिर्फ कमजोर लोग ही आगे आएंगे ये कहते हुए हकीमी बीस की आवाज में एक फिक्र रही थी, जिसे मैं, मैं, तो मैं, मैं इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पोती भी इन कायरों में शामिल है इराव ध्रुव के खिलाफ होने का फैसला उसी का है इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और वैसे भी ये मामला इन जवान लोगों का है तो देखते है की आगे क्या होता है इस पर हकीमी हकीम मजबूरी में अपना हिलाकर वापस अपनी नजरें मैदान चारों तरफ से लोगों से खिर चुकी थी लेकिन सबसे पहले दक्ष रैंक के आठ योद्धाओं ने इरा पर हमला करने की कोशिश की तभी इराक का शरीर अचानक से हवा में उठने लगा और उसने चिल्लाते हुए कहा गार्डियन पाम तकनीक सिर्फ़ इतना ही नहीं हवा इराक की तरफ आते आठों स्टूडेंट की तरफ पढ़ने लगे फिर शक्तियों से बने आठों हाथ एक के बाद एक स्टूडेंट से टकराते गए जो चाहकर भी उस हमले से खुद को बचा नहीं पाए इस तरह एक झटके में वो आठों दक्ष रैंक के स्टूडेंट्स एक ही हमले से मुकाबले के बाहर हो गए इस दौरान मैदान में मौजूद सभी लोग ये देख रहे थे कि कैसे इराके हमले से सभी स्टूडेंट्स के मुंह से खून तक निकलने लगा था वही इराके इस हमले को देखकर मैदान में बैठे लोगों ने हैरान होते हुए कहा लड़की तो कितनी ज्यादा ताकतवर है यही वजह थी की ईरान ने अपनी शक्तियों को दबाना बंद किया और अपने असली रूप में आकर ताकतवर हमले करने शुरू कर दिए लेकिन लोग उस सुनहरे रंग की शक्ति को देख ही रहे थे की अचानक से उन्हें एक लाल रंग की परछाई इरा के ठीक सामने आती हुई दिखाई पड़ी यह परछाई थी बिजौरा की जो मौके का फायदा उठाकर इरा पर हमला करने वाला था इसके बावजूद इरा के चेहरे पर फिक्र का नामो निशान नहीं दिख रहा था बल्कि वो तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सीधे बिजौरा पर हमला करने लगी और हर बार जब दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते तो छोटा सा धमाका सुनाई पड़ता जो मैदान के हर कोने में कू चुकता एक के बाद एक हमले होते गए और जब कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया तब जाकर इरा एक कदम पीछे हुई दूसरी ओर इरा के हमले से बिजौरा तीन कदम पीछे हो गया लेकिन बिजौरा पीछे हुआ ही था अचानक से मैदान में एक हंटर की आवाज गूंजने लगी जिसे सुनकर ईरान ने तुरंत अपना सिर उस गरजती हुई आवाज की तरफ किया। वो हंटर लीजा का था जो इरा पर हमला करने के लिए आ रही थी लेकिन इरा के शरीर से निकलती सुनहरी ने लीजा के हंटर को दिया। और कर, हमला करने के लिए आ गया था और इरा ने अपनी अकेले की ताकत का इस्तेमाल कर पिछले दो मिनट में आठ दक्ष रैंक वाले योद्धाओं को मुकाबले ऐसी बाहर कर दिया और ईशान लीजा और बिजौरा को ध्रुव से दूर होने आरोप मजबूर कर दिया वैसे तो तीनों ने अब तक अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन फिर भी चलते उनके पर हल्की आने लगी, और तीनों ने एक दूसरे की तरफ देख कर अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकाली शुरू की उसके बाद तीनों अपने ताकतवर हमलों के साथ हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगे इस दौरान लोग देख पा रहे थे कि द्रुव पर हमला करने के लिए उसे एक झटके में नाकाम कर देती उसकी समझदारी की वजह से कुछ ही पलों बाद ईशान और बाकी दोनों को थोड़ा सिर दर्द तक होने लगा तभी अचानक इरा के हाथ ईशान और लीजा के हमले से टकराए जिससे एक तेज धमाका मैदान में कुंज उठा इस ताकतवर हमले की वजह से तीनों कुछ कदम पीछे हो गए लेकिन जैसे ही उसके बगल में आ गया था इस बात के एहसास से ईरा के चेहरे पर ढेर सारी नाराजगी छलकने लगी और उसने तुरंत बिजौरा की तरफ हमला करना शुरू किया इसके लिए ईरा ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए सुनहरी शक्तियों से सीधा बिजौरा के सीने पर हमला किया इरा के इस हमले का सामना करना खुद बिजौरा के बस में ही नहीं था इसलिए बिजौरा ने भी तुरंत अपने हाथ पर खून के लाल रंग की शक्तियां इकट्ठा करते हुए अलग रंग की शक्तियों से भरे हाथ एक दूसरे के सामने आए तो दोनों के टकराते ही एक तेज धमाका सुनाई पड़ा लेकिन बिजौरा के हमले से इरा जैसे एक कदम पीछे हुई तो उसे अपने पीछे ढेर सारी हवा महसूस हुई जिसके चलते उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी ने तुरंत पीछे मुड़कर अपनी शक्तियों से पीछे की का नाम ही नहीं ले रहे थे इस तरह की ताकत को देख कर मैदान में बैठे सभी लोग दंग रह गए लेकिन जब इरा लीजा और बिजौरा से लड़ने में लगी हुई थी उतने में अचानक उसे अपने बगल में एक अजीब सी हंसी सुनाई पड़ी मुझे माफ कर देना लेकिन इस लड़के ध्रुव को भगाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। ये सुनकर जैसे ईरा ने उस दिशा में नजर घुमाई तो उसे देखा कि ईशान अपनी लात से ध्रुव पर एक जोरदार हमला करने ही वाला था ये नजारा देखकर कर इरा की आंखों में एक जानलेवा चमक दिखाई देने लगी जिसके साथ उसने चिल्लाते हुए कहा ईशान तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं ये कैसी चमक थी जो उसकी आंखों में सालों से दिखाई नहीं दी थी, थी। फिर उसने तुरंत अपनी सारी निकालते हुए, लीजा और को पीछे की तरफ धकेल दियाशान के, के हमले से बचा लिया लेकिन ऐसा करने की वजह से की पीठ अब ईशान के हमले का शिकार होने वाली थी और ताकत लगाने की वजह से ईशान वक्त पर अपना हमला रोक भी नहीं पाया और उसने इराके कंधे पर सोरदार वार किया इस जोरदार हमले से इरा का चेहरा दर्द गुस्से, गुस्से से लाल हो गया था और उसके अलावा खड़ी लीजा भी काफी ज्यादा नाराज दिख रही थी इस परेशान ने दोनों को समझाने की कोशिश में हड़बड़ाते हुए कहा अरे मैं तो उस लड़के ध्रुव तो तो चली जाऊंगी आखिर क्या होने वाला है टॉप फाइव के मुकाबले का अंजाम क्या जख्मी इरा बचा पाएगी ध्रुव को तीनों के हमलों से ये जानने के लिए आपको सुनते रहना होगा